So, here's the fight. Hello, Peter. Oh shit. Ja ja tinni chode, matti ki matki tode, koi gulak nikale, aankh gulak to tode. Did you do that? पैसे कखे अरे रे दे दिल दिल रहती थोड़ी थोड़ी पैसा पैसा पैसे कखे चल चल सड़कों पर होती के okay, बन है ये जिंदगी की एक ही चांस है आगे हवा ही हवा है अगर साँस है तो ये है